तो हेलो फ्रेंड्स आज हम सब देखने वाले हैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो चलिए आज का हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं तो दोस्तों प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं पहला होता है आपतित किरण आपतित किरण और परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलम्ब तीनों एक ही तल में होते हैं दूसरा होता है आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण बराबर होते हैं अर्थात साइन आई बराबर साइन तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण का उपयोग लिखे तो दोस्तों अवतल दर्पण का प्रमुख उपयोग होता है अवतल दर्पण का पहला उपयोग होता है हजामती दर्पण के रूप में दूसरा उपयोग होता है डॉक्टर रोगियों का कान नाक गले की जांच के लिए करते हैं तीसरा होता है अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है चौथा होता है दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के अग्र छिपो टॉर्च और टेबल लैंप में किया जाता है तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है सोडियम तथा पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है तो दोस्तों सोडियम तथा पोटेशियम को किरोसिन तेल में इसलिए डुबाकर रखा जाता है क्योंकि सोडियम और पोटैशियम कमरे के सामान्य ताप पर ही जलने लगते हैं दूसरी ओर सोडियम और पोटैशियम की तेल में विलय होता है और न ही कोई अभिक्रिया करता है यही कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है संचारण क्या है तो दोस्तों संचारण उसे कहते हैं जो धातुओं का संचारण प्रक्रिया है जिसमें क्रियाशील धातु नवमी युक्त हवा से अभिक्रिया कर आवांछित पदार्थ का निर्माण करता है यह एक अक्सीकरण और अभिक्रिया है दोस्तों संसारण उसे कहते हैं अगर हम लोहे को कहीं बाहर रख देते हैं तो उस पर जो जंग लगता है साधारण भाषा में जंग को ही हम लोग संक्षारण करते हैं तो चलिए संक्षारण के कुछ उपयोग देख लेते हैं तो संचारण के रुक, रुकने का उपाय जो दोस्तों है संसारण को का मुख्य उपाय है तो पहला हमारा है धातुओं की सतह पर पेंट करना चाहिए धातुओं की सतह पर एल्यूमिनियम या जस्ता का परत चढ़ाना चाहिए धातुओं के मिश्र धातु में परिवर्तित कर देना चाहिए यानी धातु जो है उसे मिश्र धातु में परिवर्तन यानी धातु और अधातु दोनों को मिलाकर बनाना चाहिए तो चलिए इसका चौथा उपयोग देखते हैं तो इसका चौथा उपयोग है धातुओं की सतह पर ग्रीस या वार्निश की परत चढ़ा चाहिए ग्रीस जो जो हम मोटर बाइक में उपयोग करते हैं उसे हम लोग ग्रीस करते हैं तो इसका उपयोग कर देना चाहिए तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज दोस्तों चालू कर दिया गया है तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए हम अपना छठा क्वेश्चन देखते हैं तो दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन है विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं तो दोस्तों विषम पोषण हम लोग उसे कहते हैं जो दूसरे पर आधारित होता है तो चलिए देखते हैं इसको पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बना पाने के कारण अन्य जीवों पर आश्रित रहता है उसे हम लोग विषम पोषण पोषण कहते हैं हरे पौधे एवं स्वयं पोषी के अलावा प्राय सभी जीव विषम पोषी ही होते है। तो हैं तो चलिए अपना सतवाँ क्वेश्चन देखते हैं चलिए अपना सातवा क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा सातवा क्वेश्चन है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी का क्या परिणाम हो सकता है तो दोस्तों हमारे शरीर में हिमोग्लोबिन की कमी से रक्त लापता है यानी एनमिनिया रोग हो जाता है हमें श्वसन के लिए और हमें श्वसन के लिए दोस्तों थोड़ा इसको हमें श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी जिस कारण हमें हम, जिस कारण हम शीघ्र ही थक जाएंगे हमारा भार कम हो जाएगा हमारा रंग पीला पड़ जाएगा हम कमजोरी अनुभव करने लगेंगे तो दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम इसी प्रकार से दोस्तों हमारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चालू हो गया तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब